एक गलती के कारण आपकी वीडियो शॉर्ट फीड में नहीं जाती यहाँ देखो ये अभी न्यू चैनल है। स्टार्टिंग ऐसी इसकी हर एक वीडियो शॉर्ट फीड में जाती क्योंकि है। क्योंकि मैंने इसमें वो मिस्टेक नहीं किया है जो आप इस समय कर रहा आखिर कौन सी गलती आप कर रहे हैं उससे पहले जान लो कि मैं इस तरह के दो तीन चैनल का गीव अवे करने वाला हूँ जिसमें एक दो व्यूज तो रेगुलर आते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बस आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपने प्यारे चैनल का नाम बताना सबसे बड़ी गलती ये है की शॉर्ट चैनल बनाने के बाद आप चैनल की वगैरह की सेटिंग कर देते हो मैंने खुद चेक किया है की चैनल बनाने के दो दिन बाद वीडियो को अपलोड करो फिर कमाल देखो